नमस्कार दोस्तों स्टडी ग्रुप में आपका फिर से स्वागत है मैं मुकेश कुमार दोस्तों जैसा कि मैंने सीट जुलाई 2020 का फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस आपको मैंने बताया फॉर्म किस तरह से भर इसमें मुख्य बातें क्या क्या है जो ध्यान में रखना है तथा तो इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को मैंने आपको बताया था दोस्तों इसके एग्जाम में कुछ चेंजेज आ गए हैं जो एग्जाम उनतीस तीन दो को होने वाली थी उसको अब स्थगित कर दिया गया है अब ये एग्जाम कब लेगा बोर्ड तथा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो हमें आपको बताना ज़रूरी लगा था वो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑनलाइन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी किसी भी तरह प्रॉब्लम के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कॉमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं दोस्तों मैं आप तक सारे वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा तो चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण सूचना है इसको देखते हैं दोस्तों ये फॉर्म एक फरवरी 2020 से लेकर के दो मार्च 2020 के बीच में भरा गया था और उसी टाइम डेट भी डिक्लियरेंस कर दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम 29 मार्च 2020 को ले लिया जाएगा परंतु अभी वायरस को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है जिसके वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टेंड कर दिया गया है दोस्तों ये बीएड ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिए हुए है कि दिनांक २९ तीन दो हजार बीस को होने वाली बीएड एड दो हजार बीस की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है इसके नीचे में ये दिए हुए हैं दिनांक २९ तीन दो हजार बीस को होने वाली सीटेट बी एड दो हज़ार बीस की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित की जाती है इसके नीचे में यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए दिए हुए है आप इसको क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप इसको खोल करके अच्छी तरह से खुद से पढ़ लें तो इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये रहा नोटिफिकेशन अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं तो चलिए दोस्तों इसके नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन को देखते हैं ऑफिस ऑफ़ द स्टेट नोडल ऑफिसर इसका नोटिफिकेशन है अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना के कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के संबंध में विषय पत्र ये बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्र संख्या जो दिनांक तेरह तीन दो हजार एवं सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के आलोक में दिनांक इक्कीस तीन दो हजार बीस को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत कोर कमिटी सीटेड बी डी दो हजार बीस की बैठक में लिए गए निर्णय निर्णय अनुसार एत द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक उनतीस तीन दो को होने वाली सी टेट बी एग्ज़ाम ट्वेंटी ट्वेंटी की परीक्षा तथा पूर्व से निर्धारित सी टेट बी ट्वेंटी e. ट्वेंटी के कार्यक्रम सूची को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों ये इक्कीस तीन दो हज़ार बीस को इसका अनाउंसमेंट हुआ है और इसको अभी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है तो इसका जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपको अगली जानकारी मेरे माध्यम से मिलेगी कैसे तो इसके लिए मेरे वीडियो के नीचे ये लाइक बटन है इसको क्लिक कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन को एक बार क्लिक करके बेल आइकन बेल आइकन को दो बार क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से घंटी बजा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास में ऑटोमेटिकली चला जाएगा ताकि आप भी खुद को अपडेट रख सकिएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा